स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में आज ये हम हम लोगों का आज एग्ज़ाम है तो आज हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और थोड़ा भावुक भी हैं क्योंकि पहला एग्ज़ाम है और हमारे साथ में आ, हमारे प्रिय मित्र रोहित भी हैं और आ, हमारी बाइक रेडी है चलने के लिए और पहला क्योंकि एग्ज़ाम है इस वजह से थोड़ा दिक्कतें आती हैं और हमें भी लगता है कि थोड़ा थोड़ा दिक्कतें आ रही है भी। तो भी हैं हम लोग तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या होगा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 मारा तो तो पूरा पक्का तैयारी दे फाड़ अच्छा ये तो एग्ज़ाम को फाड़ ही देंगे इनकी अलग बात है और ये लग रहा है कि ये तो एग्जाम बिल्कुल ऊँचो ही मत है ना एग्जाम के ये देखो तो इतना खुश है कि किसी को नहीं बता रहे गुप्तगु उधर कर रहे हैं अकेले में है ना तो आ, कितने बच्चे आएँगे अभी लगभग पंद्रह सोलह अच्छा अच्छा अच्छा अपनी क्लास में तो क्या लगता है एग्जाम कैसा रहेगा जैसा करेगा वैसा होगा अच्छा जो जैसा करेगा तो सही बात है जो जैसा करेगा वो ऐसा पाएगा ठीक देख है। रहे हैं अभी यहाँ पे कुछ ही बच्चे आए हैं अभी बच्चे आने को है और एग्ज़ाम चूँकि दो बजे का है हम लोग पहले आ गए हमें कुछ वीडियो भी बनाने थे तो ये हमारा कॉलेज है ये कॉलेज की बाउंड्री है आप देख पा रहेंगे वहाँ तक और ये बच्चे जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए क्योंकि कुछ बहुत हैं जो एक्सटेंसन है एग्ज़ाम का पहला दिन है पेपर निकलवाने जा रहे हैं क्योंकि तो हम लोगों का अभी एडमिट कार्ड ऑनलाइन ही निकलेगा कॉलेज से कोई मतलब ये सपोर्ट नहीं हुआ है कि जो है कॉलेज से मिलेगा इस वजह से अब हमारा ये ग्रुप जा रहा है दो चार लोगों का एडमिट कार्ड निकालने के लिए हाँ तो ये हमारे जो है ये हमारा फैन सर्किल है और अब हम एडमिट कार्ड निकलवाएंगे अब आयता बहुत अच्छे से सामने और ये हमारे ये दोस्त इनसे मिले एग्जाम की तैयारी कैसी है आज की भाई निकल जाएगा एग्जाम ना इनकी कार निकाल दिए हैं और ये जो शॉप है ये भैया इधर देखो इधर देखो, देखो बताओ और ये जो है ये यहाँ पे हमारे स्टूडेंट भी हैं मतलब हमारे क्लासमेट हैं और ये पास का जो कॉलेज का सारा भाई साहब करते हैं और इनसे मतलब जो भी यहाँ पे अगर स्टूडेंट है वो आए कि यहाँ पे इनके पास सर उचित भाई निकालिएगा कितने रुपये लेते हो दस रुपये बहुत कम प्राइस है साथ में फ्रेंड भी हैं हमारे के, है के और बहुत अच्छी प्राइस प्राइस में निकाल दो और भी बहुत सारी जैसे फोटो भी हैं तो क्या क्या यहाँ पे आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक की सारी चीज़ें इनको मतलब यहाँ पे आपको मुहैया करवा देंगे ठीक है